ये जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है आजकल खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है पसीने की शया से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनकी सफलता के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना खुद ठोकरों ने सिखाया है याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऐसे लोग जो आप पर यकीन नहीं रखते थे आपसे मुलाकात की कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अरे कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाना चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते। जीवन में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला मिले तो उसका एहसान मानिए क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाघ उजड़ जाया करते हैं सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है सैलाब उमड़ता है लेकिन जीत जाने के बाद जिंदगी में अगर किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो दिन बुरा है आपकी जिंदगी नहीं अगर परछाइया कच से ज्यादा और औकात से बड़ी होने लगे तो समझ जाइए कि सूरज ढलने वाला है हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करना क्योंकि कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त खो दिया करते हैं अपनी गलती न होने पर भी यदि आपसे कोई इंसान माफी मांग ले तो हमेशा याद रखना कि या तो उस इंसान को आपसे कोई उम्मीद है या फिर वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता